हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं डॉक्टर एन सिंह दोस्तों चलिए मैं अपने इस चैनल में एक बहुत खास चीज़ लेकर आया हूं और आज मैं आप लोग को मखाना के बारे में बताऊंगा मखाना को बहुत सारे लोग जानते हों इसको लावा कहते हैं जो मेवा में जो है सफ़ेद सफ़ेद लावा होता है उसी को हम मखाना कहते हैं इसको हम फिगर में लगा दे रहे हैं आप देख सकते हैं सभी लोग खाए होंगे लगभग लेकिन इसके बारे में आप लोग नहीं जानते कि ये हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होता है इसलिए चलिए अपने इस वीडियो में आप लोग को आज मखाना के बारे में बताऊंगा कि ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है सबसे बड़ा चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों पुरुष या महिला दोनों के लिए इनफर्टिलिटी की अगर समस्या हो तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है मखाना तो इसको जानने से पहले आप मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए तो चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि पुरुष या महिलाओं दोनों में इनफर्टिलिटी की समस्या होती है और आसानी से फर्टिलिटी नहीं हो पाती है कभी पुरुषों में कमी होती है तो कभी महिलाओं में कमी होती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ जो है दौड़ते हैं जाते हैं डॉक्टर से इलाज कराते हैं तो अपने इलाज के साथ अगर मखाने का आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है क्योंकि महिलाओं में देखा गया है कि बहुत सी महिलाओं में पी या पी की समस्या होती है या पी सी ओ डी होती कि दोस्तों कि बच्चेदानी में गांठ बनने लगती है तो फैलोपियन ट्यूब जो होता है जो नलिका होती है उसमें गांठ बनने लगती है जिससे कि ओ अवेलेशन जो होता है अंडा जो है नहीं बन पाता है और महिलाओं का पीरियड इरेगुलर होने लगता है तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए महिलाएँ ट्रीटमेंट कराती हैं अगर आप मखाने का प्रयोग कर रहे हैं या कर रही हैं तो ये इनफर्टिलिटी की जो समस्या होती है ये धीरे धीरे सही होती है इसी तरह से देखा गया कि पुरुषों में जो है स्पर्म की कमी होती है या शुक्राणुओं की कमी होती है या बीरे की कमी होने लगती है तो मखाना का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो ये समस्या धीरे धीरे सही हो जाती है अगर दोस्तों आपका पार्टनर इनफर्टिलिटी से ग्रस्त है तो आपको अपने डाइट में बदलाव लाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए और इन फर्टिलिटी को ख़त्म करने के लिए जो डाइट है उसमें जो है मखाना का प्रयोग करना चाहिए पुरुष और महिला दोनों के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद होता है इन फर्टिलिटी में जो है बहुत ही मददगार होता है यदि पुरुषों में शीघ्र की समस्या है स्पर्म की क्वालिटी या काउंट कम है स्पर्म लो है या जो है उसमें सुप्राणुओं की कमी है तो आप मखाना का प्रयोग करते हैं तो यह समस्या खत्म हो जाती है और महिलाओं में अगर पीरियड के समय जो है थक्का ब्लड निकलता हो या तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती हो सफ़ेद पानी आता हो मिस की ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं बार बार मिस होता है बच्चेदानी कमज़ोर हो जाती है इसकी वजह से तो गर्भधारण कर पाना महिलाओं के लिए मुश्किल हो जाता है तो ऐसे में आप मखाने का प्रयोग करती हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है इसके अलावा दोस्तों अगर किसी महिला को पी या पी या थायराइड या शुगर की बीमारी हो तो अगर आप मखाने का प्रयोग कर रहे हैं जिसकी वजह से कमज़ोरी होती है पी थायराइड डायबिटीज़ की वजह से तो मखाने का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपके शरीर में कमज़ोरी नहीं आने देता है अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न भी घटाने में बहुत ही मददगार होता है मखाना तो अगर मखाने का प्रयोग कर तो आपके लिए और ये जो डाइट में अगर प्रयोग कर रहे हैं तो आपका थायराइड भी नॉर्मल रहता है आपका जो है शुगर भी नॉर्मल रहता है और कमज़ोरी नहीं आने देता है इसके अलावा फैट भी बढ़ने नहीं देता है मोटापा भी बढ़ने नहीं देता है तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर एक कप मान के चलिए बत्तीस ग्राम होता है लगभग बत्तीस ग्राम एक कप अगर मखाना ले रहे हैं तो उसमें कितना हो सकता तो पाया जाता है तो एक कप अगर हम मखाना लेते हैं तो बीस ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है और पाँच ग्राम प्रोटीन्स पाया जाता है और इसके अलावा पंद्रह ग्राम विटामिन ए पाया जाता है 0.3 मिलीग्राम विटामिन बी6 जो कि हमारे ब्लड संचार को सही रखता है तंत्रिका तंत्र को बनाए रखता है सही रखता है और इसके अलावा 33 माइक्रोग्राम पोलिक एसिड पाया जाता है और एक दसमलव दो, दो मिलीग्राम आयरन पाया जाता है जिससे कि शरीर में खून की कमी नहीं होती है महिलाओं में और ताकत भी देता है इसके अलावा एक मिलीग्राम ओमेगा फाइटी एसिड पाया जाता है और बासफोरस एक सौ मिलीग्राम पाया जाता है दोस्तों इसके अलावा ओमेगा फाइटी एसिड बत्तीस मिलीग्राम पाया जाता है और 340 मिलीग्राम ओमेगा फाइटी सिक्स एसिड पाया जाता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ओमेगा फाइटी थ्री और ओमेगा फाइटी सिक्स एसिड जो होता है वो हमारे शरीर में जो है फैट को ज़्यादा बने नहीं देता है और जो ज़्यादा हानिकारक फाइट होता है उसको बर्न करता है इतने सारे पोषक तत्व तो मखाना में पाया जाता है दोस्तों जो कि हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए और फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो महिलाएं जल्दी गर्भ धारण नहीं करती हैं और जो पुरुष में इस की क्वालिटी बेहतर नहीं होती है मखाने का अगर प्रयोग करते हैं तो वह जो हेल्दी रहते हैं और मैं आप लोग को बता दूं कि इसको खाने का तरीका थोड़ा सा जो है देसी घी ले लीजिए और मखाने को जो है रोस्ट कर लीजिए उसमें थोड़ा सा पीला अपन के लिए जो हल्दी मिला लीजिए और स्वाद के लिए हल्का सा सेना नमक आप उसमें मिला करके उसको जो है रोस्ट कर लीजिए भून लीजिए आप उसको खा सकते हैं अगर आपको रोस्ट किया हुआ पसंद नहीं है तो आप इसको दूध में पका करके इसका खीर बना करके भी आप खा सकते हैं मखाने का खीर सुबह में खाइए बहुत ही फायदेमंद रहता है या तो रात में खाइए उसमें थोड़ा सा हल्दी ज़रूर डाल लिया करिए ये जो है फर्टिलिटी को सुधार करता है और दोस्तों रात को अगर ये मखाने का जो है दूध बना करके या खीर बना करके आप पी रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है आपकी स्पर्म काउंट को जो बढ़ाता है और सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाता है जिससे कि पुरुषों में जो नरपोषकता होती है या शीघ्र पतन की समस्या होती है वह ख़त्म हो जाती है जो पुरुष का स्पर्म जो है पतला होता है उसमें गाढ़ापन करता है चीटी पहाड़ की मात्रा बढ़ाता है और स्पर्म की क्वालिटी बेहतर करता है और मखाना खाने से यौन की जो इच्छाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं बहुत सारे लोग की इच्छाएं धीरे धीरे हार्मोनल इफेक्ट होने की वजह से घट जाती है या जैसे उम्र बढ़ती है तो उसकी वजह से घट जाती है बहुत से लोगों में शीघ्र की शिकायत होती है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है तो जो महिलाएँ गर्भधारणा नहीं कर पाती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है और जो पुरुष के अंदर नपुंसकता है या तो स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वह भी इसका प्रयोग करें स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो जाती है और जो है पुरुषोत्व की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है तो इसका आप प्रयोग करें मखाने का आपको दोनों प्रकार से मैंने बता दिया आप रोस्ट भी करके खा सकते हैं या तो आप मखाने की खीर बना के खा सकते हैं मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा लाइक कमेंट करना भूलिएगा नमस्कार